जो हो गया उसे सोचा नहीं करते जो मिल गया उसे खोया नहीं करते सफलता तो उन्हीं को मिलती है सफलता सफलता तो उन्हीं को मिलती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते हेलो दोस्तों तो कैसे हो आप लोग आज मैं आप सभी को वक्त और हालात पर रोने वालों के लिए कुछ बातें बताने के लिए आया हूँ तो चलिए उन बातों को बता करके मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ अभी दोस्तों लोग अगर असफल हो जाते हैं तो हमेशा वक्त और हालात पर टाल देते हैं अरे वक्त सही नहीं है अगली बार सफल हो जाएंगे अभी तो मेरा हालात ही सही नहीं है मे, मेरे पास पैसे नहीं है, मजबूरी इतना सुना देते हैं कि मत पूछो बहाना तो लोगों को बहुत ज़्यादा मिल जाता है असफल होने के बाद लोगों के पास बहाना बहुत होते हैं लेकिन उसके पास सफल होने का एक भी वजह नहीं बताते हैं असफल होने की बहुत सारी वजहें बता देते हैं लेकिन वक्त कभी बुरा नहीं होता है वक्त और हालात तो अपने अंदर की सोच अपने अंदर के हिसाब से वो बुरा हो जाते हैं तो आज के बाद हम लोग कभी भी वक्त और हालात पर दोष नहीं लगाएंगे क्योंकि जो मेहनत करने वाले होते हैं या जो मेहनत करते हैं उनके लिए ये वक्त और हालात कुछ नहीं होता है एक बार असफल होने के बाद भी वो सफल हो सकते हैं क्योंकि एक बार या दो बार असफल होने के बाद अगर वो समाज की बहुत सारी बातों से उसको लगने लगे कि अब हमें सफलता नहीं मिलने वाली है तो ये गलत बात है अगर ऐसे ही बात होती तो आज हम लोग रातों में रोशनी में नहीं चल पाते या रोशनी में नहीं रह पाते क्योंकि ये जो बिजली से जलने वाली छोटी सी बल्ब है इन्हों के इन्हें बनाने वाले कौन है हम लोग आप लोग सभी जानते हैं कि अमेरिका के साइंटिस्ट एडिसन जी हैं लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि वो कितने बार असफल होने के बाद ये बल्ब को बना पाए थे अगर नहीं पता है तो आज मैं आपको बता देता हूँ ये बल्ब को बनाने के लिए उन्हें दस हजार बार असफलता मिली फिर भी उन्होंने हार नहीं माना उन्होंने कहा कि मैं असफल नहीं हुआ हूं क्या हुआ जिसने से मैं सफल हो जाऊं वो रास्ता अभी तक हमको नहीं मिला है उन्होंने हार नहीं माना और जब अगली बार उन्होंने कठिन कथ, परिश्रम और मेहनत से फिर काम किया तो अगली बार वो सफल हो गया क्योंकि उसकी नमूना हम लोगों के सामने है सफल हुआ या असफल हुआ अभी दिखाई दे रहा है हम लोगों तो इससे क्या पता चलता है चाहे आप कितनी बार असफल क्यों ना हो जाओ जब तक आप हार नहीं मान लेते तब तक आप असफल नहीं होते हैं इसलिए अगर आप किसी भी काम में असफलता मिली है आपको तो इससे आपको हार नहीं मानना है और अगली बार और एनर्जी के साथ कड़ी से कड़ी मेहनत करना है और जो कहते हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा या तुमसे नहीं हो पाएगा तुम कुछ नहीं कर पाओगे उसे कुछ करके दिखाना है